आप देख रहे हैं भूलोगे नहीं मेरा नाम अजय मिश्रा है मैं उत्तर प्रदेश के एक गांव में रहता हूं, और मैं अभी इंजीनियरिंग कर रहा हूं। और साथ में मैं एक सोलो बाइक राइडर भी हूं। मैं अक्सर छुट्टियों के दिन या फिर वीकेंड में अपने बाइक लेकर लॉन्ग राइड पे चला जाता हूं। एक दिन मेरे साथ कुछ ऐसी घटना घटी जिसे आज भी सोचता हूँ तो मेरे शरीर की रूह कांपने लगती है आज से तीन साल पहले की बात है मैं अपने बाइक लेकर मुंबई लॉन्ग राइड पे गया था रास्ता लंबा था इसलिए मुझे पहले से ही होटल बुक करनी पड़ी थी एक बार रास्ते में मुझे बहुत भूख लगी थी इसलिए मैंने अपनी बाइक को साइड में पार्क किया और पास में नाश्ते की दुकान पे जाके दो वड़ा पाव खा लिया बाद में मैंने अपनी ट्रेवलिंग की शुरुआत कर दी कुछ समय बाद शाम को अचानक मेरे पेट बिगड़ने लगा मैं होटल पे जा सकूं इतना समय भी नहीं था इसलिए मैंने पास में सुलभ शौचालय पे एंड का यूज उपयोग किया वहीं पे मुझे किसी के पायल की आवाज सुनाई दी मुझे कुछ अजीब सा लगा पुरुष के शौचालय में एक औरत का क्या काम इसी समय वहाँ की लाइट चालू बंद होने लगी मैं तो डर के मारे कांपने लगा मेरे शरीर के रोंगटे खड़े हो गए मैंने जोर से आवाज लगाई कौन है जो ये मजाक कर रहा है बाहर निकल के तुझे छोड़ूंगा नहीं थोड़ी देर बाद वहां सब ठीक हो गया मैं जल्दी से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था लेकिन वॉशरूम का दरवाजा नहीं खुल पा रहा था मैंने चौकीदार को आवाज लगाई तो उसने आके देखा तो दरवाजा बाहर से खुला था फिर उसने आवाज लगाई दरवाजा खुला है आप थोड़ा धक्का लगाइए मैंने धक्का दिया तो दरवाजा खुल गया मैं पैसा देकर बाहर निकल ही रहा था कि फिर से मेरा पेट खराब होने लगा मुझे वापस उस खतरनाक वॉशरूम में नहीं जाना था लेकिन मेरे पास और कोई चारा भी तो नहीं था इस बार लगभग दो तीन मिनट हुई वापस से लाइट चालू बंद होने लगी और साथ में कोई स्त्री की हंसने की आवाज भी आ रही थी मुझे काफी डर लगने लगा था मैं जल्द लगा के एक आखिरी कोशिश करके जोर लगा के खड़ा हो गया और जोर जोर से दरवाजे को हिलाने लगा थोड़ी ही देर में दरवाजा टूट गया और मैं बाहर निकल गया जब मेरी नज़र बाहर खड़े लोगों के सामने पड़ी तो मैंने देखा कि लोग मेरे सामने ऐसे देख रहे थे जैसे मैं कोई पागल खाने से भाग कर आया हूँ लोग मुझे यहां तक बोलने लगे कि पागल है क्या पी कर आया है तभी वहा पास में खड़ा आदमी मेरे पास आके पूछता है भाई तुम वहां अंदर क्या कर रहे थे मैंने कहा भाई मैं कोई अंदर घूमने नहीं गया था बल्कि टॉयलेट करने के लिए गया था मेरी बात सुनकर उस भाई ने मुझसे कहा जरा तुम पीछे मुड़कर तो देखो मैंने जब उस आदमी की बात सुनकर पीछे मुड़कर देखा तो मेरे तो होशे उड़ गए वहाँ कोई भी शौचालय नहीं था बल्कि एक पुराना टूटा फूटा खंडहर मकान था ऊपर वाले की मेहरबानी थी कि मैं सही सलामत बच गया और उस भयानक देखने वाली चुड़ैल की चुंगुल से बच निकला